फरमाया जिस तरह हमारा अंग्रेजों से कोई ताल्लुक नहीं इसी तरह हमारा हिंदुओं से भी कोई ताल्लुक नहीं है और ये आपस में मुतह भी हो जाए फिर भी हमारी इन दोनों के साथ जंग रहेगी और एक अलग मुमलकत और अलग वतन का मुतालबा किया पर एक बोचाल आ गया कायम को काफिर आजम कहा गया बिल्कुल आपके कुरब में पसरूर में एक जलसा हुआ वहां कहा गया कि पाकिस्तान क्या पाकिस्तान की पे भी नहीं बनेगी बल्कि कायदेजम का नाम चूंकि मोहम्मद अली है उनकी बहन का नाम फातिमा है तो कहा गया कि ये शिया है तो कायदेजमदी जना को किसी ने कहा कि वो कहते हैं कि ये शिया है तो कायदे आजम ने मुस्कराते हुए कहा चलो गांधी को वोट दे दे वो तो सुननी है तो इस तरह आपने उनकी इन बातों का रद्द किया मस्जिद खैर के मेम्बर पर गांधी को बिठाया गया ये हमारी तारीख अलमिया है और जो है वो बहुत कुछ हुआ अलामा इकबाल उन्नीस सौ तो अठत्ती में जिंदगी और मौत की कशमकश में थे लेकिन उन्होंने इस नजरिए की तबलीग उस वक्त भी नहीं छोड़ा हुसैन अहमद मदनी टांडवी के नाम आपके जो मकतूब हैं और जो आपका मुकाल और मुनाजरा हुआ है वो तारीख के औरक में मौजूद है जब उसने ये फतवा दिया कि मिलते अवतान से बनती हैं वतन खमीर है कौमीत की जो जवाब दिया था वो कुलियात इकबाल में मौजूद है सऊद बर सरेबर के मिलत बसीदी तमाम बूला इकबाल ने कहा था कि मैं तो समझा था कि यह कुरान हदीस पढ़ने और पढ़ाने वाले दीन के मिजाज से आशना होंगे लेकिन यह जो फतवा दाखा गया है कि मिलते औतान से बनती हैं इससे समझ आ गई कि इन लोगों को अभी हुजूर के मकाम से खबर ही नहीं हुई है और फिर इकबाल ने जो दलील दी देखिए कितनी खूबसूरत है इकबाल कहता है अगर मिल्लें औतान से बनती होती वतन की मट्टी से मिलते मार से वजूद में आती होती तो इकबाल कहता है कि फिर अबू लाहब से क्या इख्तलाफ था वो तो रिश्ते में सक्का चच्चा लगता था वतन भी वो ही था देस भी वो ही था मट्टी भी वही थी आबो हवा भी वही थी अबू जहल लेकिन कहा गया लकोम दीनओ कौम वाले दीन तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मेरा दीन मेरे लिए तो ये दो कौमियतें जो अलग अलग जो है वो मारज वजूद में आई ये वतन की बुनियाद पर नहीं आई थी ये दीन और एतकाद की बुनियाद पर मार्ज वजूद में आई एक तरफ सक्का चच्चा है उसको कहा तेरा मेरे से